जब जब मैया जो कैसे तो हर आ, हर हम तोहर बना क्षति गे चूना आर्य बर्मना कर जाना देख तोहर सुना सूरत गे कई दिजाग चुना आर्या तू चल गया चना हम सच